इसके पहले हमने आपको आधार के माध्यम से आयुष्मान कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड होता है ये हमने आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे कि अब आप डिजी लॉकर में किस प्रकार से आप अपना जो आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसका बहुत ही आसान तरीका है तो इसको चलिए दोस्तों हम देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके लिए आपको डिज़ी लॉकर ओपन करना है डिजी लॉकर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च इस सर्च पे आना है सर्च पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर आल लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन बैंकिंग इंश्योरेंस हेल्थ इस हेल्थ के ऑप्शंस पे आना है और हेल्थ के ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखना है ये लिखा हुआ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आधार से आपका नाम उठा लिया जाएगा डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार से उठा ली जाएगी यहाँ पे सिर्फ आपको पी एम डालना है तो चलिए दोस्तों हम ये अपनी आईडी डाल देते हैं जो आयुष्मान कार्ड की आईडी है यहाँ पे आप देख सकते हैं पी एम डालने के बाद ये आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्टेट यहाँ पर आप जो भी इस्टेट के हों वो आप अपना यहाँ पर इस्टेट चुन लीजिए तो चलिए दोस्तों हम उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पर है ये रहा इसको सिलेक्ट कर देते हैं सिलेक्ट करने के बाद गेट डाक्यूमेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फेचिंग करेगा और करने के बाद ये यहाँ पे आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं कितना टाइम लेता है खैर आयुष्मान कार्ड हमारा डाउनलोड हो गया है डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये डीजी लॉकर पे किस प्रकार से दिखता है तो देख सकते हैं दोस्तों डीजी लॉकर पे ये आ चुका है और सेम उसी तरीके प्रोसेस जो हमने पहले वीडियो में बताया था सेम उसी तरीके का कार्ड है अब आप इसको डाउनलोड करके आप ये देख सकते हैं एरो का निशान इस पर क्लिक करके आप चाहें तो इसको अपने हैंडसेट पर भी डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सअप वगैरह से, से शेयर करके कहीं पर भी आप इसको पी फ़ाइल में निकला कर अपने पास रख सकते हैं और यहाँ पर शेयर के भी ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप चाहे जिस प्रकार से निकालना चाहें निकाल सकते हैं तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे टेक बेरी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें धन्यवाद दोस्तों